जय महाराज जी महाराज जी से जुड़े प्रसंगों की श्रृंखला में आपका स्वागत है आज का प्रसंग एडवोकेट संदीप चौहान जी का है जो कि रिवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं इस प्रसंग को अपनी किताब पुष्पांजलि में संतोष कुमार सिंह जी द्वारा संकलित किया गया है संदीप जी बताते हैं कि महाराज जी से मेरा जुड़ना एक अनोखी घटना है बात 2016-17 की है। उससे पहले मैंने कभी भी महाराज जी का नाम नहीं सुना था, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जो महाराज जी का भक्त हो दो के आखिरी दिनों में मेरे जीवन में भारी आर्थिक और मानसिक कष्टों का आगमन हुआ जब परेशानियाँ आई तो परिवार के लोगों ने भी दूरियाँ बना ली ऐसा लग रहा था कि इस जीवन के जीने के सभी रास्ते बंद हो गए हों मैं हताश होकर वृंदावन चला गया ताकि शायद वहाँ कुछ मानसिक शांति मिल सके मैं इतना टूट चुका था कि मन में इस जीवन लीला को समाप्त करने का विचार आने लगा इस मानसिक तनाव में मैं किधर और कितनी दूर तक चलता गया मुझे इसका भान ही नहीं रहा बस इतना याद है कि जब तंद्रा टूटी तो मैंने अपने आप को बाबा नीब करौरी आश्रम के बाहर पाया मैं कई बार उस नाम को पढ़ता रहा कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे यह नाम मेरे अंतर पटल पर पहले से ही अंकित है और एक अलग सा खिंचाव होने लगा मैंने अंदर जाने का प्रयास किया तो बताया गया कि पट अभी बंद हैं। शाम को खुलेंगे अचानक ध्यान आया कि मुझे शाम को वापस घर जाना है यह उनकी कृपा ही थी कि जिस शख्स का कुछ समय पहले तक जीवन से लगाव नहीं था उसे घर जाने की सुध हो गई मैं वापस घर आ गया लेकिन परिस्थिति में फर्क इतना था कि अब मेरे पास मेरे मन मंदिर में एक नाम स्थापित हो चुका था वह नाम था बाबा नीब करौरी महाराज का इस नाम के सहारे मैंने कष्ट भरा एक महीने का समय व्यतीत किया होगा कि अचानक एक दिन मैं अपने कार्यालय से सीधे वृंदावन बाबा के दर्शनों हेतु चला गया जब मैं बाबा के विग्रह के सामने पहुंचा, तो उस स्थिति का शब्दों से बयान कर पाना बहुत मुश्किल है मेरी आंखों से अविरल आंसू निकल रहे थे अंतरात्मा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपने पालनहार की गोद में पहुंच गया हूँ इस अलौकिक घटना के द्वारा मैं वर्तमान जीवन में पुनः श्रीचरणों से जुड़ पाया महाराज जी द्वारा कही हुई बात एकदम चरितार्थ हो गई कि मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी नहीं छोड़ता महाराज जी की दृष्टि हम पर सदैव रहती है चाहे हम दुख में हों या सुख में तो ये तो था महाराज जी का एक प्रसंग महाराज जी के ऐसे ही प्रसंगों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट कर दें साथ ही वीडियोस को शेयर करके अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाने में हमारी सहायता करें धन्यवाद जय महाराज जी